रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार जाए से पढ़ी गे, गे, गे, गे, गे सोना तू मानी सोना चा बन करी हैं जोर तू पिया, पिया के आंगन मा सोना चा बन करी हैं जोर तू पिया के भूल जमी पगल गे खाए हमरा संग तो समा गे गे सोना चान बन के करी जोर तू पिया के आंगन मागे गे सोना चान बन के करी जोर तू पिया के आंगन मांगे जब दुल जो के जोड़ा हनमे देख दी सूरत मना मनमगे गे सोना चान बन के करी जोड़ पिया के आंगन मे गे, गे सोना चान बन करी जोड़ तू पिया के आंगनमा गे कही हमारा संगे, है दो संग दोसारा के संगवाे सैया के साथ ले तू तू तो बचमा गे गे सोना चांद बन के करी जोड़ तू के गा गे जानू चांद बनके करी है जोर तुम पिया के नगे तोड़ दे राहुल के तू कैसा पन दिलाई के सोना बन बनके करी है अंजोर तुम पिया के ना ही के, के गे त्रिसा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार ऐसी